लड़कियों पे मरते थे मैं पैसों पे मरता था और वो कहते हैं तुम मेरी बराबरी के नहीं बात तो सही है ये सब मैं चौथी में करता था हम उनके कभी नहीं होते जो हर किसी के हो जाते हैं जिनका मुंह नहीं खुलता था मेरे सामने